थोड़ा सा ना पर्दे का एहतमाम हो मैं कोई तनकीद नहीं करता तंज नहीं करता क्योंकि हमारी बहनें माएं बेटियां होती हैं हमने उन्हें समझाना है इनको जरा समझाएं इनको यह बताएं कि कीमती चीजें जो होती हैं वो पर्दों में होती हैं हमारे घर में बीस तोले सोना पड़ा हो तो हमने कभी नहीं बाहर निकल के बताया कि पड़ा है क्योंकि कीमती है ना तो पर्दे में रखा हुआ है उसकी चाबी का भी हम ख्याल रखते हैं कि कहीं घुम ना हो जाए इसी तरह हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है इन्हें बताओ कि सारी बीवियाँ पर्दा नहीं करती सिर्फ सैयदाइश सिद्दीक़ा की कनीजें करती हैं सिर्फ सैदा फ़ातमा की कनीजें करती हैं रदी अल्लाह थोड़ा सा ना पर्दे का अहतमाम शादी ब्याह पे तो बिल्कुल ही मामला गड़बड़ा और पूरी तैयारी करके औरतें माज अल्लाह आ जाती हैं और ये तो रोकना है उनके वसाल हैं उनके जो वली हैं औरत ने जो बनाओ सिंगार करना है वो तो घर में अपने खामत को दिखाने को करना है तो वो घर में करे जब उसको जरूरत हो लेकिन इस तरह से लेकर के उसको ब्याह में जाना शादी में जाना मेहंदी की तकरीब में जाना ये ना अकलन ठीक है ना नकलन ठीक है ना तहजीब के तौर पर ठीक है ना सोसाइटी में महजब लोग इस तरह का कोई काम करते सुनो नबी पाक सल्ला वसलम ने इशाद फरमाया शर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुना है वो बदकारी है बेहयाई है। और नबी सलाम ने फरमाया कुछ औरतें ऐसी हैं जो लिबास पहन के भी नंगी है। हैं। हैं ये वो औरतें जिन्हें है फरमाए तबारक जन्नत की हवा भी अदा नहीं करे खुशबू तक नहीं मिले इनको ये समझाएं ये आजकल बड़ा है शादियों का खातन मेहरबानी करें अपने ऊपर रहम खाए ना अल्लाह की ना फरमानी ने माओ बहनों बेटियों फिर रोती हो दुख सुनाती हो कहती हो बड़ी सारी आजमाइश में है तो अगर तकलीफ में हो तो फिर तो रहमत वाले काम करो ना बंदा तकलीफ में भी हो दुखों में भी और काम अजाब वाले करे तो उसे किस तरह करके आसानी मैसर आएगी इसलिए शरीय इस्लामिया के दायरे के अंदर वक्त गुजारे